जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को लाइक करो एंड आगे से आगे शेयर करो

जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर दो गाइज गिवे पार्टिसिपेट करने के लिए कर दो सब्सक्राइब

जिसने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय